मेरा हमेशा से मेरा दोस्ती मेरे से पाँच साल आठ साल दस साल पंद्रह साल बड़े उम्र दराज लोगों से मैं उनके साथ बैठता हूँ मैं अपनी उम्र के बच्चों के साथ हाँ बैठ नहीं पाता हूँ हाँ मैं बैठूंगा अगर वो इंटेलिजेंट है मेरे को चार चीज सिखाया तो मेरे से दस साल मेरे मेरे से पाँच साल बच, छोटे बच्चों से आजकल मैं बैठता हूँ वो क्रिप्टो की बातें करते ए आई की बात करते हैं टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं